हाय फ्रेंड्स मैं अरुण आप सभी के बीच एक और मोटिवेशनल कहानी लेकर आ गया हूँ यह कहानी बाबा साहेब की ईमानदारी पर आधारित है जो उन्हीं के किताब से लिया गया है यह आज़ादी से पहले की घटना है सन उन्नीस में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बाईस राव काउंसिलिंग में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) भी उन्हीं के पास था इस विभाग का बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहब के पुत्र यशवंत राव के पास भेजा और बाबा साहब के माध्यम से ठेका दिलाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25 से 50 परसेंट तक का कमीशन देने का प्रस्ताव दिया यशवंत राव उसके झांसे में आ गए और अपने पिता को यह संदेश देने पहुंच गए जैसे ही बाबा साहब ने यह बात सुनी ओ, आग बबूला हो गए उन्होंने कहा मैं यहाँ पर केवल समाज के का उपान को लेकर आया हूं। अपनी संतान को पालने नहीं आया हूँ ऐसे लोग लालच मुझे मेरे ध्यय से डिगा नहीं सकते और उसी रात यशवंत को भूखे पेट मुंबई वापस भेज दिया यह जो कहानी है वो पुस्तक युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लिया गया है जय हिंद दोस्तों अगर आप लोग ये कहानी अच्छा लगा तो कृपया शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें